तेंदुए शक्तिशाली बड़ी बिल्डिया और अत्यधिक सक्षम शिकारी होते हैं फिर भी जब लोग उप सहारा अफ्रीका में सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बात करते हैं तो तेंदुओं का उल्लेख शायद ही कभी उनकी सीमा में सबसे खतरनाक जीवों के रूप में किया जाता है इसके बजाय हम जंगल के राजा शेर के बारे में सुनते हैं क्या हमने गलत स्तनपाई को ताज पहनाया आइए तेंदुए और बेनाम शेर के बीच लड़ाई पर करीब से नजर डालें और हम आपको दिखाएंगे कि इनमें से कौन सा जानवर जीतेगा जब तक आप वीडियो समाप्त कर लेंगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी बिल्लियाँ सबसे घातक है और यदि हमारे पास सिंहासन पर कोई दावेदार है तो चलिए लुलू करते हैं नंबर एक लिपर्ड और शेर देखिए ये तेंदुआ अपनी शिकार को आराम ऐसी खा रहा होता है शेर पीछे ऐसी आकर तेंदुआ आरोप अधमकता है शेर अचानक से अटैक करते हुए उसके पीछे भाग जाता है एक टाइम में लगने लगता है कि तेंदुए की कहानी बस खत्म हो गई है शेर आवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है अब तक हमें यही लग रहा था कि शेर ने तेंदुए को मानो मार ही डाला हो मगर ऐसा नहीं है तेंदुआ मौका देखकर शेर की जब्त से छुट जाता है और भाप पर पेट आरोप चल जाता है शेर बेचारा देखता रह जाता है उसके साथ क्या हुआ नंबर टू तेंदुआ सोया हुआ है और शेर ने आकर उस पर हमला कर दिया इस पर तो एक शेर होना चाहिए जो कि खुद एक शेर के लिए है ख्वाब आंखों से गए नींद रातों से गई वो गई तो ऐसा लगा जिंदगी हाथों से गई। मगर अब ये सोने लायक नहीं बचेगा आगे मजा आने वाला है शेर चुपचाप आकर माहौल का मजा लेते हुए आराम से तेंदुए पर चपट जाता है इस हमले की वजह ऐसी तेंदुआ बहुत डर जाता है और अचानक ऐसी उठ जाता है उठते ही जान बचा भागने लगता है तेंदुए फुर्तले होते हैं मगर शेर भी कुछ कम नहीं इसलिए बचने की संभावना ज्यादा है अब तेंदुए की समझ आ गया होगा कि उससे भी बड़ा कोई राजा है इसलिए सोने से पहले सो बार सोचेगा कि सो या नहीं अगर सो गया तो हमेशा के लिए सोना पड़ेगा नंबर थ्री बारह शेरों ने मिलकर बेचारे एक तेंदुए को मार डाला अगर बम्बर शेर की बात करे तो एक शेर को ही देख कर रोह है और यहाँ तो बारह ऐसी भी ज्यादा शेरों ने मिलकर एक तेंदुए को डाला बार बार हमला करके बेहाल कर दिया तेंदुए को तेंदुआ शुरू में तो बचने की कोशिश करता है लेकिन बार बार हमला होने के कारण आखिर में हौसला टूट जाता है उसको अपने बचने के आशार कम नजर आने लगते हैं. आखिर में मर ही जाता है तेंदुआ नंबर फोर killed the leopard very mercilessly. कुछ शेरों ने जान ऐसी मार डाला लेपर्ड को बहुत बेरहमी ऐसी मार डाला आप लोग देख सकते हैं इस तेंदुए की हालत को देखकर लग रहा है मानो काफी बार हमला हुआ होगा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है मजे की बात तो ये है कि तेंदुए पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था लेकिन आगे देखना क्या होता है बंदे ने सलमान खान को भी एक्टिंग में पछाड़ डाला मौका देखकर आराम से निकल लेता है हाँ वो बात अलग है की शेरों ने आगे इसको तबोच लिया होगा फिलहाल तो वो जंगल की झाड़ियों में गायब सा हो गया है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इतने शेरों के बीच वो मुश्किल ही बच पाया होगा शेरों से ज्यादा तेज और फुर्तली शेर होते हैं दोस्तों आपसे निवेदन है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मॉन्स्टर एनिमल क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें नंबर फाइव लेपर्ड सर्वाइव नीफ द लाइन वॉन्टेड ही कुड है बच गया बाल बाल अगर शेर चाहता तो मार भी सकता था आप यहां देख सकते हैं किस तरह एक तेंदुआ अपना शिकार लेकर बैठा हुआ है अचानक से बब्बर भाई कहीं से आ जाते हैं जब बब्बर शेर पेड़ पर चढ़ रहा होता है उसका शरीर देख के आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं पहले वो पूरे पेड़ का जायजा लेता है उसके बाद वो लेपर ऐसी छिना हुआ खाना खा जाता है आप देख सकते है शेर की ठीक ऊपर वाली डाली पे बैठे हुए तेंदुए की सट्टी बिट्टी गुल हो गई है तेंदुआ बस आज बच ही गया मानो अगर ये डाली ना होती तो डाली डाली हो जाता बेचारा फिर बब्बर राजा जी भी खाना खा के निकल लेते हैं अब तेंदुआ भी शेर के जाते ही नीचे आ जाता है वो भी उसकी तरह जायजा जा लेता है और शुक्र बनाता है चलो आज जान छुटी और गंगा जी की तरफ अपने पाप धोने निकल पड़ता है नंबर व्हेन बब्बर लायन किल्ड लेपर्ड बब्बर शेर ने जब तेंदुए को मार डाला आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक घायल तेंदुआ शेरों के बीच फंसा हुआ है अचानक बब्बर शेर कहीं से आकर उस पर अटैक कर देता है उसका निशाना बिल्कुल सटिक और घायल कर देने वाला तेंदुए पर होता है आरोप बब्बर शेर को तेंदुए तक पहुँचने के लिए काफी शेरों और शेरनियों से लड़ना पड़ता है लेकिन बब्बर शेर सभी पर भारी पड़ रहा होता है जब भी तेंदुआ उठने की कोशिश करता है बब्बर शेर उसको फिर झड़क देता है इधर बब्बर शेर अपना शिकार जाने नहीं देता उधर शेरनिया भी कम नहीं वो भी दिलोजान से बब्बर को टक्कर देती हुई नजर आ रही है पर लास्ट में बब्बर शेर को देख कर लग रहा है की जीत बब्बर शेर की ही होती है शेर जीत जाता है उसके आराम ऐसी बैठ जाने ऐसी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जीत आखिर किसकी हुई होगी और तेंदुए का क्या क्या असर हुआ होगा तो भाइयों अब वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का जाते जाते कुछ शायरी हो जाए कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर जाता है मिलना बिछड़ना दुनिया की रित है इसको खुशी से निभाते रहो तब किससे दिल मिल जाए रहो में दोस्त बनाते रहो इसमें ऐसी आपको जो भी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय हमारे लिए बेहतर होगी ताकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहे और जाते जाते मॉन्स्टर एनिमल क्लब को सब्सक्राइब करना न भूले